जमीन पर गिरे नए स्टूडेंट्स ने जैसे ही देखा कि ध्रुव ने उनकी तरफ जख्म ठीक करने वाली दवा फेंकी तो वो हड़बड़ाते हुए उसे पकड़ने लगे इस दौरान उनके चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी दिख रही थी और उस हैरानी के साथ ही उनके दिलों में ध्रुव के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई जाहिर सी बात है कि बरसात में पानी से बचाने की अहमियत भीगने वाला अच्छी तरह समझता है इस हरकत के साथ ही ध्रुव उनके दिलों को जीतने में कामयाब हुआ था उसके बाद ध्रुव ने अपना हाथ लहराया और बाकी चारों को वहां से चलने का इशारा किया फिर ध्रुव और बाकी सभी लोग जंगल की घनी झाड़ियों में गायब होते हुए वहां से चले गए इसके साथ ही वो लोग आगाज कर रहे थे एक नए सफर का, जिसमें शिकार, खुद शिकारियों का शिकार करने वाले थे इस दौरान उस जगह से काफी दूर एक बड़े से पेड़ के ऊपर दो बुजुर्ग पालती मारकर बैठे हुए थे उनके शरीर जरा भी नहीं हिल रहे थे और वो दोनों फिलहाल ध्यान में खोए हुए थे तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली जिससे उस पेड़ की पत्तियां हिलने लगी वहीं जैसे ही वो हवा रुकी तो दोनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग की तरफ देखते हुए वही उस बुजुर्ग की हसी सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने भी अपनी आंखें खोलकर अपना सिरे लाते हुए कहा मुझे लगता है कि वो पांच स्टूडेंट्स जरूर इस बार के फाइनल एग्जाम के टॉप फाइव होंगे है ना क्योंकि उनकी ताकत तो काफी ज्यादा है और उनकी काबिलियत उससे भी ज्यादा है तभी वो लोग लड़का जो सभी का कैप्टन बनकर आगे बढ़ रहा है वो जरूर ध्रुव शौर्य होगा मैंने सही कहा ना सच कहूं तो मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और उस पहले बुजुर्ग की बात सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने भी हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने वो लड़का तो लाजवाब है शुरुआत में ये अपने-अपने में लगे हुए थे लेकिन इस लड़के ने सभी को एक साथ लेकर इस ग्रुप पूरी तरह गुरूर से भरे हुए थे यही वजह थी कि कोई भी दूसरे के साथ आने के लिए तैयार नहीं था लेकिन इसका अंजाम भी सभी ने देखा था तुम्हें याद है ना कि अंदरूनी हिस्से के सीनियर्स ने उन्हें कितनी बुरी तरह हराया था लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि ध्रुव की ये टीम है हाँ मुझे याद है लेकिन हम अभी ये बात नहीं बता सकते कि इस बार के फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन का, का नतीजा क्या होने वाला है इस बार जो शतरंज के खिलाड़ी चुने गए हैं वो सीधे मुकाबले के मैदान से उठकर यहाँ लाए गए हैं उनकी ताकत के बराबरी कोई मामूली टीम तो बिल्कुल नहीं ने भी पहले बुजुर्ग की बात को समझते हुए कहा हाँ तुमने ठीक कहा इस बार जो शतरंज के खिलाड़ी बनाए गए हैं उन्हें सौ से भी ज्यादा मुकाबलों का तजुर्बा है इस वजह से वो तजुर्बे और टीम वर्क के मामले में ध्रुव और उसकी टीम से काफी आगे हैं। अगर ध्रुव और उसके साथी उन लोगों से टकराए तो मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन वो मुकाबला जीतेगा लेकिन सच कहूं तो मेरी दिली इच्छा यही है कि ध्रुव और उसके साथियों का उनसे मुकाबला हो क्योंकि ताकतवर स्टूडेंट्स के बीच का मुकाबला देखने में मुझे बहुत मजा आता है इसके बाद वो दोनों बुजुर्ग हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने मनी मन खुद से कहा लगता है इस बार के फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखते हैं कि आगे आगे होता था जिसमें अंदरूनी हिस्से का स्टूडेंट लिखा हुआ था ये सभी लगातार आगे बढ़ रहे थे और अपने पैरों तले सूखी पत्तियों को रोंदते हुए आगे चल रहे थे इतने में पांचों में से एक लड़के ने बाकी से कहा अरे यार हमारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है जब से इस जंगल में आए हैं तब से हमें अभी तक एक भी ना स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं मिला अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हम वो कीमत भी वापस नहीं हासिल कर पाएंगे जो हमने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए चुकाई है ये सुनकर एक लड़का जो पांचों लड़कों का लीडर लग रहा था पीछे मुड़ा और उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा इतना शोर क्यों मचा रहे हो पागल हो गए हो क्या चुपचाप आगे बढ़ते रहो और आसपास नजर घुमाते रहो इस जंगल में फिलहाल पचास नए स्टूडेंट्स हैं तुम अभी को एक बुरी नहीं है यह आवाज सुनते ही पांचों स्टूडेंट्स एक पल के लिए तो हैरान रह गए जिसके बाद सभी ने पलटते हुए देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर पांच लोग खड़े थे थोड़ा और गौर से देखने पर उन्हें समझ में आया कि उसमें से तीन लड़के थे और दो खूबसूरत लड़कियां दिखने में तो वो लोग नए स्टूडेंट्स लग तो के के <laughs> तो शिकारे पास आया है इसके बाद वो और उसके सभी साथी तेज रफ्तार में ध्रुव और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे इतने में ध्रुव ने पांचों सीनियर को देखकर अपने साथियों से कहा जैसा कि हमने फैसला किया था सभी एक एक को संभालेंगे और आखिरी में मिला इनाम बराबर हिस्से में ये कहते हुए बाहर के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई और उसकी बात सुनते ही सभी साथियों ने मुस्कुराते हुए हामी भरी वहीं अपने साथियों को हामी भरते देख ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा चलो तो फिर इंतजार किस बात का है हमला करो साथियों आग की शक्ति के लिए और उसके इतना कहते ही पांचों के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी जिससे वो खने जंगल का इलाका अचानक से से अलग-अलग रंगों की शक्तियों जगमगाने लगा इसके तुरंत बाद एक लड़का हमले का शिकार होकर सीधे जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया फिर पत्थर से टकराते ही उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा और उसे इतना दर्द महसूस होने लगा जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत नजर आने लगी वो लड़का पीले रंग के कपड़े पहने हुए था और वो अपने कदम सर पर जोर का हमला किया लेकिन जैसे जैसे वो तलवार नीचे आने लगी तो उसे देखकर पीले कपड़ों वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा रुक जाओ वही उस लड़के की वो चीख सुनते ही अचानक से तलवार उसके चेहरे के ठीक बगल में आकर रुक गई वैसे तो वक्त पर वो तलवार रुक गई थी लेकिन उससे निकलती हवा पीले कपड़ों वाले लड़के के चेहरे पर इस तरह पड़ी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखाई देने लगा उसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और अगले कुछ पलों में उसकी आंखों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से डर में बदल चुका था इसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपनी बड़ी सी भारी तलवार को जमीन पर गाड़ दिया ऐसा करते उसने अपने सामने दिखाई देते पीले कपड़ों वाले लड़के से कहा चुपचाप अपना अग्निशक्ति का मुझे थमा दो ये सुनते ही वो लड़का डर के मारे एक बार फिर कांपने लगा और फिर उसने अपनी कांपती आवाज में ध्रुव से पूछा तुम, तुम, तुम तो फिर, हमारे शक्ति की क्या जरूरत है? ये वो होते चार मुकाबलों की तरफ देख रहा था जहाँ उसके साथी भी बुरी तरह से हार रहे थे तभी ध्रुव ने उस लड़के के सवाल का जवाब देने के लिए मुस्कुरा कर उससे कहा यह भी कोई पूछने की बात हुई दरअसल हमें तुम्हारी आग की शक्ति चाहिए इसलिए अगले दस सेकंड के अंदर अंदर अपना कार्ड मेरे हाथों में थमा दो नहीं तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक मतमरे तुम तुम्हारा है कि ध्रुव की, बात की बातों में उसे एक अजीब सी बेरहमी महसूस हुई थी जिसके चलते वो लड़का ध्रुव से खौफ खाने लगा था इस खौफ के चलते ना चाहते हुए भी उस लड़के ने चुपचाप अपना नीले रंग का कार्ड बाहर निकाल कर सीधे ध्रुव के हाथों में थमा दिया फिर ध्रुव ने जैसे ही वो नीले भी ज्यादा आग की शक्ति होगी इसके साथ ही ध्रुव ने पीले कपड़ों वाले लड़के को देखकर उसके माथे पर एक जोर की लात मारी इस लात पर ध्रुव का पूरा काबू था इसलिए उसने इतना ही जोर लगाया था जिससे कि सामने वाला बेहोश होकर गिर जाए वहीं जैसे ध्रुव ने उस लड़के को बेहोश कर दिया तो उसके कुछ पलों बाद बाकी चारों मुकाबले भी अपने अंजाम पर पहुंच गए फिर अगले ही पल चार बैज वाले लड़के जमीन पर गिर गए और चारों का मुकाबला खत्म हुआ इस मुकाबले के बाद बाकी चारों ने भी ध्रुव के हाथों में अपने अपने हासिल किए गए शक्ति कार्ड पकड़ा दिए फिर ध्रुव ने सभी कार्ड को एक नजर देखकर मुस्कुराते हुए आगे कहा देखो दोस्तों हमारे पास पांच आग शक्ति कार्ड्स हैं इसमें से अगर हम सात दिनों की शक्तियां अलग कर जो हमें नियमों के हिसाब से करनी होगी तो हमारे पास कुल मिलाकर 125 आग होंगी। इस हिसाब एक सौ पच्चीस बाकी चारों ने अपना सिर हिलाते हुए उसे बताया कि उन्हें इस हिसाब से कोई तकलीफ नहीं थी जाहिर सी बात है कि सभी ने पहले यह फैसला किया था कि शक्तियां बराबरी से बांटी जाएंगी इसलिए किसी के लिए भी अब मुकरना काफी ज्यादा मुश्किल था दूसरे और ध्रुव ने जैसे ही देखा कि सभी लोग उस हिसाब के लिए राजी हो गए थे तो उसने ले तो लेना ले और ध्रुप की यह बात सुनकर चारों ने अपने अपने हासिल किए गए कार्ड वापस लिए और फिर वो लोग कार्ड को अपने काले रंग की शीट से रगड़ने लगे इसके तुरंत बाद वो कार्ड चमकने लगा और काली शीट्स पर लाल रंग से लिखा नंबर और ज्यादा बढ़ गया वहीं सभी कार्ड में से आग शक्ति हासिल करने के बाद ध्रुव ने सीनियर्स से हासिल किए गए उन्हें वापस मिला इस तोहफे के बदले आपको कुछ देने का तो हम ऐसा जरूर करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम चलते हैं अलविदा इतना कहकर अचानक से ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी और उसने तुरंत अपने साथियों को समझाते हुए कहा चलो जल्द से जल्द से चलते हैं मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ और गायब हो गए इस दौरान ध्रुव के सभी साथी इस बात से खुश थे कि उन्होंने ध्रुव को अपनी टीम का कैप्टन बनाकर बिल्कुल सही किया था उसकी मदद से पिछले कुछ ही घंटों में इस टीम ने अंदरूनी हिस्से के सीनियर्स से ढेर सारी आक शक्ति हासिल कर ली थी इस लूट से वो लोग मनी मन बहुत खुश हो रहे थे कि कैसे बाजी सीनियर से पलट कर की के पास आ गई थी। फिर जैसे और उसके साथ वहां से गायब हुए, तो उसके ठीक मिनट बाद उस इलाके के पेड़ अचानक से हिलने लगे इसके तुरंत बाद परछाइया और उन्होंने अपनी नजरे घुमाते हुए देखा कि हिस्से के पांच स्टूडेंट एक पेड़ से बंधे हुए थे वही उन्हें इस हाल में देखकर पांचों के चेहरों पर एक हैरानी दिखाई देने लगी जिसके बाद सभी ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बंधे हुए स्टूडेंट्स के पास जाना सही समझा फिर सभी ने हुए को छुड़ाया और तभीने को की, की कोशिश की वही उस लड़के की बात सुनकर अभी अभी आए स्टूडेंट्स और ज्यादा हैरान हो गए और वो अजीबो गरीब अंदाज से उस पीले कपड़ों वाले की तरफ देखने लगे वही उनकी इस नजर को देखकर पीले कपड़ों वाले लड़के ने गुस्से से लाल होते हुए चिल्लाया अरे देख क्या रहे हो तुम लोग अगर तुम लोग भी उस टीम से टकराते तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो हमारा हुआ है। या फिर शायद तुम उससे भी हालत में होतेवर कैसे है ये कहते हुए उस लड़के ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि वो जिस पर चिल्ला रहा था वो वही लोग थे जिन्होंने उसे और उसके साथियों को छुड़ाया था वही उसे इस तरह गुस्से से पागल होता देख सामने वाले ग्रुप के लीडर ने जवाब दिया फिक्र मत करो हम उन निकम्मे सीनियर्स की तरह बिल्कुल नहीं हैं, जो नए स्टूडेंट्स से अपनी आग शक्ति बचाने में नाकाम रहे एक कैसी अजीब हरकत है जो पिछले दस सालों से तो अंदरूनी हिस्से में कभी नहीं हुई इसलिए में काफी मशहूर हो जाओगे की उस लीडर को पीले कपड़ों वाले का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसलिए वो एक पल भी वहा रुकने के लिए तैयार नहीं था जिस वजह से उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा कर वहाँ से गायब होते हुए ध्रुव और उसके साथियों की तलाश जारी की क्या ध्रोव और उसके साथ ही सीनियर्स के इस टीम से बचने में कामयाब हो पाएंगे जानने के लिए सुनते रहिए दिवन वन इन ओनली आर चरवांश के साथ सुपर युद्ध था सिर्फ पॉकेट एफ एम पर